में में तू तू मेरी हर सांसों दिल के जज्बातों में तू है तू बसी हो भाबो में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू बसी से था। था। था। कहा क्या तुमने सुना जो दिल ने कहा हा, हा, सुना ओ मैं तो बोरा हूं सारी कलियों की करता चोरी बांधे क्यों प्रीत की डोरी रहने दे थोड़ी क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना